आज वैसे सागर बनाने वाले बताने वाले कहाँ हैं आज हमारे में द्वेश हमारे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक चढ़िया करना एक के ऊपर एक कुछ भी गलतफहमी के बातें बोलना मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आज तुम कितना भी करते रहो अगर योग्य हूँ कार्य कर रहा हूं तो आज 25 साल हो गए गुरु से दीक्षा देकर आज बत्तीस साल तीस साल हो आज मैं खड़ा हूं अगर मैं गलत होता तो गुरु जी लाद मारकर कभी भी कहा देते आज मेरा चिंतन यही है कि गुरुजी का नाम सारे संसार में हो गुरुजी की साधना बताए एक तो साधक ऐसा निकले कि आपने मंच पर खड़े रहकर क्या कि मैंने साधना सिद्ध की है और मैं महान बन गया हूं मैं गुरुजी का शिष्य हूं ऐसा कहने की ताकत रखने वाला साधक चाहिए आप अपना जीवन ही नहीं क्योंकि गुरु ने बहुत बार भी कहा है कि गुरु जी ये साधना करें देवता प्रति अफसरा नहीं आई अवसर प्रत्यक्ष होने की बात गुरु ने कहा है देवता प्रत्यक्ष नहीं हो तारा प्रत्यक्ष होने की बात गुरुजी ने कहा है बगलांश प्रत्यक्ष होने की बात कहिए माँ प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष का प्रति अक्ष अक्षय आपके आंखें प्रती का अर्थ होता है, है। तुम्हारे तुम आंखों से उसको देखो और वो तुम्हें आंखों से देखे उसे प्रत्यक्षीकरण कहा गया प्रत्यक्ष कहा है और वो प्रत्यक्षीकरण अपने से होता है नहीं होता है और तो उसी गुरु हंसकर कभी कभी कहा करते थे अरे बाबा बुलाए तो तेरी बीवी नहीं आती देवता क्या आएंगे क्यों क्यों तुम्हें सिद्धि चाहिए तेरे घर के लोग तेरी बात नहीं मानते तेरे माता पिता तेरे फिर तुझे द्वेश करते हैं ये तो जीवन में मेरे भी हुआ लेकिन बाद में वही माता पिता वही सब लोग मुझे कहने लगे तुम देवता हो साधना नहीं छोड़ी ना गुरु को छोड़ा एक बार गुरु को पकड़ा हो तो गुरु को यही ही बात एक कर करके कह दी कि गुरु जी ये जीवन तो तुम्हारे आपके चरणों में समर्पित कर दिया है और कितने भी जन्म जीवन आपके चरणों में समर्पित करूंगा केवल एक उद्देश्य है सिद्ध हुआ तो आपका सिद्ध नहीं हुआ तो मेरी मजबूरिया है या मेरी गलती है मेरी गलती हो सकती है लेकिन ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है मारो या तारो आपकेरणों में है। आपका आपको मैंने मेरा जीवन मैंने सौंप दिया है और जिस दिन मुझे आज भी वो दिन याद है मैं दिल्ली में 3 जून 1993 को बहुत हताश होकर गया था इतना हताश कि मेरे कुछ भी काम नहीं हो रहे थे मैं आठ नौ साल से जूझ रहा था मेरी सरकारी नौकरी थी वैसे वैसे अगर हो जाए तो मैं डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर भी हो सकता था लेकिन मैंने वो नौकरी शारनाओं के बल छोड़ दी थी माता पिता की गालियां दे रहे थे कि तूने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी और मैं शार नाम के बल ये रहा था और आखिर में हताश हो गया और गुरुजी के पास गया और गुरुजी को सिर्फ इतना ही कहा गुरुजी मुझे आया तो आपका सामर्थ्य शिष्य बनाकर जिंदा रखो या फिर मेरे को मृत्यु दे दो मैं मानने के लिए तैयार हूँ और गुरु ने उस दिन मुझे जो कहा कि जोशी तुम मेरी परीक्षा में पास हो गया मिखिलेश्वर जी की परीक्षा में बहुत कम लोग पास होते हैं और तूने पास हुआ और जिस दिन गुरु ने वो बात कही आज भी आज भी तारीख मेरे जीवन में है वो तीन जून नाइनटीन नाइन्टी और उसके बाद हैदराबाद में पाँच छः सात शिविर हुए और आज आपके सामने मैं यहाँ मंच पर बैठा हुआ हूँ आज मैं कोई असमर्थ नहीं हूँ मेरे साथ हजारों लोग हैं और आश्रम में भी हज़ारों लोग आते हैं जाते हैं और उस उस क्षमता के साथ जीता जो गुरु जी ने कहा गुरु ने गुरु पूर्णिमा की शिविर में कहा था कि अगर जोशी मेरे आंगन में लक्ष्मी नाचती है तो तेरे आंगन में भी नाचेंगे और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि गुरु जी के वचन सिद्ध है मैं आप सभी को भी यही जाता हूँ कि कभी असमर्थ अपने आप को मत समझो और असमर्थ जीवन मत जीवो जियो जीव तो समर्थवान जियो जीव, ऐसा जीवन कि हमारे हर एक के जीवन में कष्ट तो आते ही है ऐसा जीवन किसी का नहीं है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आए हो और समस्याएं नहीं हो चाहे गुरु कितने भी महान हो कृष्ण के साथ रहने पर भी पांडवों को अनुवास नहीं चुका या द्रौपदी का चीतहरण नहीं होते हुए रहा वशिष्ठ के होते हुए रामचंद्र जी को वनवास नहीं चुका चाहे वो कुछ भी हो वनवास तो हुआ लेकिन वनवास में भी वो आनंद के साथ जिए हम जबकि दुर्योधन राज्य में रहता था सोने की आ, सोने की सिंहासन पर बैठा था लेकिन वो बेचैन था जबकि वनवास में घूमते हुए आनंदित थे वो गुरु के रहने के कारण होता है समस्याएं भी आए ऐसा अगर गुरु हो तो आनंद के साथ जीता है वो आनंद हमारे में आए हम होली की रात्रि की इस विशेष विशेष पर्व पर इस राजीव के मंदिर के परिसरण में हम आए और यहाँ की महत्ता जानते हुए मैं आपको एक बात बतला बतलाना चाहता हूँ चाहे इस पौराणिक कथा में सत्यता कहाँ तक है ये यहाँ के वास्तविक रहने वाले लोग जानें, लेकिन सत्यता यह है कि प्रभु रामचंद्र जी जब रावण को रावण से युद्ध करने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे संगम स्थल पर मेरी साधना संपन्न हो और मैं दुर्गा की साधना करूँ नवरात्रि की साधना करूँ अगस्त महर्षि ने कहा कि तू दुर्गा की साधना कर शिवजी को प्रत्यक्ष कर ले और तू रावण के साथ क्योंकि रावण शिवभक्त है जब तक तुझे शिव प्रत्यक्ष नहीं होंगे तब तक तुझे ये कार्य तेरे से नहीं होने वाला है कहते हैं कि इस नदी संगम पर रामचंद्र जी नवरात्रि में तपस्या करने के लिए आए और कहा गया कि माता दुर्गा के चरणों में तुम्हें रोज एक फूल चढ़ाने हैं विशेष मंत्र बोलते हुए रामचंद्र जी भी साधना में बैठ गए पर हर रोज हनुमान जी उनको फूल लाके दिया करते थे एक हजार आठ फूल लाके दिया करते थे रामचंद्र जी विशेष मंत्र से दुर्गा की अर्चना किया करते थे उपवास के साथ साधना संपन्न की थी जब यह बात शिवभक्त रावण को पता चला कि राम एक दुर्गा साधना संपन्न कर रहे हैं अगर वो साधना संपन्न हुई तो उन्हें विशेष अधिकार माता दुर्गा कोई ना कोई ऐसा अस्त्र देगी जिस अस्त्र के साथ वे मुझ पर प्रहार करेंगे अब उस उनकी साधना को तोड़ भी उस साधना को पूर्ण होने नहीं देना चाहिए तो आखिर क्योंकि हनुमान जी रहने के कारण उस साधना को वो तोड़ नहीं सके क्योंकि हनुमान जी रक्षक थे हनुमान जी को फूल ला के दे रहे थे तो कहां आखिरी दिन क्या हुआ हनुमान जी जब साधना एक सौ एक हज़ार फूट फूल ला लिए रामचंद्रिया आम पहुँच के देखते थे एक एक नाम बोलते हुए माता दुर्गा को चढ़ा देते पूरे तो भक्तिभाव के साथ और आखिरी दिन जब चढ़ा रहे थे तो एक हज़ार फूल चढ़ा दिया और देख रहे हैं क्या आठवा फूल नहीं है कि उस समय भौरे के रूप में चूहे के रूप में आकर रावण ने एक तो मरीच नाम के आदमी राक्षस को भेज दिया और उनका फूल चुरा लिया एक हज़ार सात चढ़ गए फूल नहीं चढ़ते हुए रुक गया रामचंद्र जी कितना देखे देखे उधर उधर हनुमान जी को हनुमान जी बाहर खड़े हैं कि रोज पूजा हो रही है गुरु अपने प्रभु आज पूजा कर रहे हैं तो बाहर खड़े हैं रामचंद्र जी को चिल्लाना नहीं है और वहाँ फूल हो गया उनकी आंखों में आंसू आ गया आज अगर एक हज़ार फूल चढ़ता तो माता दुर्गा प्रसन्न होती और मुझे शस्त्र प्रदान करती थी हे अब मैं क्या करूँ किस तरह करूं तो उनको एकदम अपनी माँ कहते हैं उनको उनकी माँ माँ की याद आई माँ कभी भी कभी भी कहा करती थी कि हैं के राम तेरे लोचन कमल लोचन हैं राजीव लोचन हैं राजीव लोचन है, राजीव लोचन है कि मेरे, तेरे कमल के पत्ते के समान लोचन है तेरे आंखें हैं उनको याद आया कि मेरी माँ कहा करती थी आज ये फूल नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं मेरे आंख को ही माता दुर्गा को चढ़ाता हूँ और उन्हें बाण उठाया और अपना आंख निकालकर राजीव लोचन राजीव का मतलब था कमल कमल, कमल के का प्रतीक समान केोचन आंख वाले और उन्होंने वो आंख चढ़ाने दुर्गा माता पर गए तो दुर्गा माता प्रत्यक्ष हो गई और उनको पता चला कि रावण ने वो फूल चुराया है और प्रत्यक्ष होने के बाद शिवजी प्रत्यक्ष हुए और शिवजी ने यहाँ रुद्र के रूप में उन्हें पार्शुपदास्त्र दिया और तो माता दुर्गा ने उन्हें उस दिन जो त्रिशूल का एक विशिष्ट मंत्र बोला जो संजीवनी नाम का मंत्र था वो मंत्र दिया, वो यही संगम है और क्या कहते हैं है। कमल रामचंद्र जी ने उस कमल नाम के उस अपने लोचन को माता दुर्गा को अर्पण करने के बाद जो साधना संपन्न की थी वो यही नदी संगम था और इसका नाम राजीव लोचन पड़ा ऐसा मैं शास्त्र क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक बिहार के एक बहुत बड़े कवि हुए उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ी सुंदर कविता ली है और कहा तक मानते हैं नहीं मानतेष् है। और दुर्गा ये तीनों तीनों, भी, तीनों के मंदिर भी विशेष रूप से विराजमान है और इस संगम पर यह कार्य प्रभु रामचंद्र जी ने और हनुमान जी ने सम्पन्न किया था इसलिए इसका नाम राजीव लोचन कहा गया है ऐसा कहा जाता है ऐसे एक पुण्य क्षेत्र में ऐसे तीर्थ क्षेत्र में हम अगर इस होली के रात्रि में बैठकर साधना संपन्न करें और हम अगर हम भी अगर सिद्ध नहीं हुए तो फिर हमारा यहाँ आना या साधना संपन्न करना इस तांत्रिक रात्रि में कोई श्रेष्ठता नहीं कहलाता मैं इसलिए कहता हूं कि यहां हम साधना करने से पहले हम हमारी असमर्थता छोड़ दें हम असमर्थ जीवन को ना जिए हम गुरु की कृपा के, के साथ जिए एक बार की बात है कि इसी तरह असमर्थ जीवन के बारे में माता देवी भगवती या माँ महर्षि व्यास एक कहानी बताते हैं एक कहानी कहते हैं